देखिए सुनिए खबरें खबरों की तरह अब से हर रोज बीबीएन पर बिग ब्रेकिंग न्यूज जय हिंद आप देख रहे हैं बीबीएन वर्ल्ड न्यूज मुख्य समाचारों के साथ मैं शालिनी चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई अजमेर से दिल्ली को जोड़ने वाली ये वंदे भारत राजस्थान की पहली और देश की वंदे भारत ट्रेन है जम्मू कश्मीर में आज सुबह दस बजकर रिक्टर पैमाने आरोप चार तीव्रता का भूकंप आया पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर आज तड़के करीब चार बजकर फायरिंग की घटना में चार लोग हताहत हुए हैं कर्नाटक चुनाव बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही मतभेद पूर्व सीएम शट्टार को दिल्ली बुलाया गया ओवैसी ने मुसलमानों की तरक्की वाले बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन पर निशाना साधा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे पर चीन की आपत्ति को भारत ने खारिज किया कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने एक उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की अनशन के बाद पायलट दिल्ली पहुँचे प्रियंका गांधी के संपर्क में पायलट की नेताओं ऐसी गुप्त मुलाकातें अगले सियासी स्टैंड पर असमंजस गुरुग्राम में महिला से दो करोड़ की ठगी फर्जी पायलट बनकर बातचीत शुरू की गिफ्ट के नाम पर घर बिकवाया गहने तक गिरवी रखे। बिहार में भूकंप के झटके चार दशमलव तीन तीन रही तीव्रता सहरसा मधेपुरा कटिहार किशनगंज पूर्णिया अररिया में भूकंप रानीगंज और बनमनखी के बीच था केंद्र समर सिंह की पुलिस रिमांड पर फैसला आज अभिनेत्री आकांक्षा की मौत मामले में पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मांगी बहत्तर घंटे की रिमांड पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी से 20 अप्रैल को होगी पूछताछ आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस ने बुलाया पंजाब में सारी फसल उठाएंगी केंद्रीय एजेंसियां, केंद्र सरकार ने दी राहत 80 प्रतिशत खराब दाने पर पाँच रुपए प्रति क्विंटल लगेगा कट 14 से 16 अप्रैल तक फरीदाबाद में पहली बार होगा व्हील क्रिकेट प्रीमियर लीग और मुंबई इंडियंस ने आई के इस सीजन में